no árabe? Hã? ना <laughs> <विताल>। <laughs> <क्यों> भाई <laughs> अबे अब रवर क लेने पड़ेगी रवर की लेने पड़ेगी भाई अबे आप वो भी खींच रहा था मैं भी खींच रहा हूँ ठीक है वो तो पता नहीं यार, यार। चाहिए नहीं दूसरे चाहिए चाहिए क्या आ गया गया आ सर को था था ना ये है तो फाका जगह लगता है